टीकमगढ़ से एक मामला सामने आया है जहां बगाज माता के पास के मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया है ये मकान बच्चियों के हैं जिनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कुछ दिनों पहले कन्या पूजन कर दस हजार गरीबों को पट्टे देने की घोषणा की थी इस घटना से प्रदेश सरकार का दोहरा चरित्र सामने आया है मामला टीकमगढ़ के नजदीक शक्तिपीठ बगाज माता का है जहाँ पर बीते सप्ताह चार जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब भूमिहीन लोगों को भू अधिकार पत्र देते हुए करीब दस हजार गरीबों को पट्टे देने के लिए घोषणा की थी इस दौरान कन्या पूजन भी किया गया था लेकिन मुख्यमंत्री चौहान ने जिन कन्याओं के पूजन कर कार्य योजना का शिलान्यास किया था उन्हीं कन्याओं के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है अब सोचने वाली बात यह है की एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्याओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं और दूसरी तरफ एक सप्ताह के अंदर ही उनके घरों पर बुल्डोजर चला दिया जाता है वो भी उस समय जब टीकमगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी ऐसे में गरीब बच्चियां कहाँ रहेंगी यह सोचने का विषय है जहाँ एक ओर इनके विधायकों पर आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोप लग रहे हैं वहीं दूसरी ओर प्रशासन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है जिससे कही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है जे का है किसने तोड़ दिया जब यहाँ पे बगाज माता में शिवराज सिंह जी आई थी तब आप थी यहाँ पे क्या किया था उन्होंने